साथ गिरफ्तार किया जाए क्योंकि पर उसके उसके चल गया। लड़के का तो रेस्ट कर लिया, अब तक मंत्री मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं है। अमित शाह के साथ वो गृह राज्य प्रधानमंत्री और करनाल में जो किसान शहीद हुए पांच उनके परिवारों को कितनी दिक्कत हुई है दो लड़के साढ़े अठारह अठारह साल के हैं उन परिवारों को कितनी दिक्कत हो रही होगी उसका अंदाजा हमारे देश के वही परिवार लगा सकते हैं जिनको वो चीज़ें आज भुगतनी पड़ी है बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा लंगर की अवस्था भी थोड़ी देर में ग्यारह बजे लंगर पहुँच जाएगा यदि कोई यहाँ पर जो अपने ट्रेन पे जाने वाले लोग भी रुकेंगे उनको भी बड़े प्यार से लंगर सिखाया जाएगा देखो जो वो वहाँ पर लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से लोगों को मारा गया है आज उसके खिलाफ ये ये रोक रहे हैं उन बच्चों का भी देखो साढ़े अठारह अठारह साल के हैं और उस मंत्री का अब तो उसका एक जो सहयोगी है जो गिरफ्तार है दास उसकी भी अखबार में उसका बयान आ गया भाई इनकी दोनों बाप बेटे की सबक सिखाने की प्लानिंग थी जिसके तहत ये सारा कुछ लखीमपुर खरीद बहुत बहुत किसान बहुत आएगा ये दस से चार है और ये इसको जो मंत्री है ना केंद्र माँ इतना तक ये बर्खास्त नहीं हों अंदर नहीं होंगे इतने तक ऐसे आंदोलन चलेंगे उसके लिए कुछ भी बलिदान करना पड़ा हमने पहले दिन ही कहा था की एक बी के तहत इस अंदर ठोको में चल रहे बिल्कुल देगा रुकना पड़ेगा सरकार कोईवे नहीं रुकेगा सिर्फ सिर्फ आज रेल रोकने का एक प्रोग्राम था जो संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से और दस ऐसी चार का है और रेल ही का प्रोग्राम है कुछ सड़कों का प्रोग्राम जगदीप जी एक जो घटना हुई है अभी बॉर्डर पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पे भी फर्क पड़ेगा कल निहंगों की तरफ से भी बयान दिया गया है कि किसान मोर्चा इस तरह से जो बयानबाजी कर रहा है वो बयानबाजी बंद करे और आपने भी पल्ला झाड़ दिया मामला है और इस पर क्या रुख है भारतीय किसान यूनियन का देखो वो सिंगू बॉर्डर की घटना है संयुक्त किसान मोर्चे के सारे सम्मानित नेता उन्होंने मीटिंग करके जो भी उस पर बयान जारी किए हैं तो वो जो भी वो बात रख रहे हैं हम संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हैं उसके साथ बंधे हुए हैं यदि कोई करनाल का इशू होगा उस पर हम अपनी बात रखेंगे माहौल खराब होता है देखो कोई भी घटना है उसकी जाँच का विषय होता है और बाकी किसी भी तरीके से भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए ऐसी घटनाएं समय समय पर होदेश के नागरिकों ने अपना भाईचारा बना के रखना है और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पर फैसला लेगा और जिस तरीके से इस आंदोलन को चला रहा है सारे किसान पूरे देश के उसके नीचे एक छत के नीचे हैं हम करनाल की जो भी ऐसी करनाल को कोई भी घटना होगी उसके लिए हम जिम्मेदार हैं बाकी ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा देख रहा है जैसे वो जो बयान कर उसके किसान साथ मोर्चा ने तो कहा था कि ये किसान का मामला नहीं है तो धार्मिक मामला है तो ठीक है जो संयुक्त किसान मोर्चा हम कह रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा जो जरूरी समझेगा वो फैसला लेगा वो हमारे से बड़े नेता है हमारे से समझदार नेता हैं जो वो करेंगे हमें मंजूर यूनियन यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद तो ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की जी हाँ हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और आप ये देख सकते हैं काफी जो किसान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन पर तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा ये रेलवे स्टेशन की यहाँ ये रेलवे स्टेशन की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से किस प्रकार से काफ़ी जो किसान हैं वो फिलहाल रेलवे स्टेशन पर जो है प्रवेश कर चुके हैं जी हाँ रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो किसान हैं वो रेलवे ट्रैक पर जाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें ताकि ये जानकारी ये सूचना हर एक तक पहुँचाई जा सके साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे ट्रैक पर जी हां रेलवे ट्रैक पर किसान जो है वो यहां पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें अपडेट आपको देते रहेंगे